डेली यूज सेंटेंसों में आज हम बात करेंगे जो कि डेली यूज़ किए जाते हैं हमारा पहला वर्ड है मैं घर पर हूं आई एम इट होम इसे अभी करो डू इट नाउ पहली नज़र में इट फर्स्ट साइड ज़्यादातर लड़कों और लड़कियों द्वारा बोला जाता है ये वर्ड जाने भी दो लेट इट वी तुम्हें सोना चाहिए यू शुड स्लीप क्या तुम्हें यकीन है आर यू श्योर मेरे पास आओ कम टू मी बार बार अगेन एंड अगेन इसे लिखो राइट इट डाउन उसके साथ जाओ गो विद हिम मैंने उससे बात की आई टॉक टू हिम थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू